संजय केलौर गांव सेमला देरहाई एवं अजय बघेल करुणिया हेमाम नंदू बघेल गांव भुरबईड़ी सहयोग सचिन चौहान गांव अवंदा मान टीमली डांसवर विकास संहरा एंड ओय ओय हो सी, सी देसी महुनी दारू रे विकासन साथ जानू नचने घोलाए रे ते हे दारू चाहिए चण कहरेवी यमुड़ो दारवा, नंदु बहबेल ने सत्म नाचण दौड़ी पड़ने महादेशी महुनी दारुव आत्मा ना चेने दहुड़ी पहुव चाहिए अजमामला तेनात है दारू चाहिए अजमामला तेनात है दारू चाहिए चाहिए आज मामला तैनात है दारू चाहिए आज मामला है। दारू चाहिए जुआना भी समझी गयुआ साम भी बटीन कहा के राम उछाल जानोरी में भी जानी ालिकूड बाइन सूट वालिक टाटा भाई किन्स वालिक डूड बाइन सूट वालिक टाटा भाई बाई बाई जिन का, का, का, का राह नाट में भी समझ गई साम भी बटीन का का डेरा उचाड़े वुआ नी समुझ गई हुआ सामने बटिन का डरा उचाड़े वानुड़ी में भी जहा ग हुआ क्या म्यूजिक है अभी से वाले। <laughs> ए, ए, ए, है है इनाक पल्ला कहते रे लोल हर मन है हेबा इना कहते हैं कि पल्ला कहते रे लोल हर मन है, है वो। <सवातिति> इनक पोलक लव लव यू यू लाल जवालको लाल जवालकॉबाल ke i love you na lengo vale ke miss you langa vale ke i love you na lengo vale ke miss you e vikas jamar team lira maade va tu va nai banedya ni bai di par vikas jamar team lira maade va tu va nai banedya ni bai di par मुकेश चौहान डीजे पर न चढ़े वो चढ़ेब हो मनावर नहा तो मुकेश चौहान डीजे पर न चढ़े वो नये मनावर नहा तो काल की राही मा। ए अजय बगलटी मलिर मेव होइरे लोल कर हूँ ध्यान गाव मा अजय बगल टी मलिर मेव होयर लोल करो ध्यान गाव Kahan bhi batin kah kar rah unchalay wo, juwa nae mehe bhi jahan ko yuwa. Kahan bhi batin kah kar rah unchalay wo, juwa nae mehe bhi samjhi ko yuwa. Eh eh eh, kahan bhi batin kah kar rah unchalay wo, juwa nae. जहा गुआ सानी बटीन का दरा उचार जानुड़ी मेहबी जहाँ गुई हुआ गीतकार टिमली डांसर विकास जमरा गाँव प्रस्तुत करता संजय गेहलोत ंद्रा डेरे एवं अजय बघेल कर एवं नंदू बगेल गांव भूलब संयोग सचिन चौहान गांव गाँव अवरदाम नहीं चले नहीं चले नहीं चले नहीं चले, नहीं चले ए, नहीं चले नहीं चले नहीं नहीं नहीं नहीं चले चले, चले, चले टिकटोग वो नहीं चल पबजीर नहीं चल टिक टॉकर नहीं चल पबजीर का जुबाना टाइम पास नहीं हो दुआ का जुबाना टाइम पास नहीं हो दो <ग़ियेने>। चाले, नहीं चले टिकट हो ग नहीं चले नहीं चले नहीं चले टिकटोक हो